जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे ही यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे ही यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी ही और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल यस के भागी होंगे या तिरस्कार मान लीजिए आपको एक कार्य करना है आपको पर्वत पर चढ़ना है अब मार के फिसलन आपको आपको कई बार चट्टाने तो अब ऐसे में करेंगे क्या सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है उसकी नीं को ही खोद देने का विचार करता है किंतु पर्वत को तो कोई नष्ट ना कर पाए तो असफलता के साथ साथ का भी भागी बन जाता है दूसरा मार्ग है परिवर्तन यानी आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़िया बना दें तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं कोई और भी उस पर्वत पर चढ़ सकता है आने वाली पीढ़ी भी उस पर चढ़ सकती है और यही आने वाली पीढ़ी सदा आपका यश गाएगी इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं परिवर्तन चुनिए बदला नहीं बदलाव पदला चुनिए आपका ये बाल आपका मित्र बन जाएगा मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए